सला तो सलाम इजतों व वाले क्या मुकबर ओलमाई के राम सा नज़दीक से आए मेरे मुस्तफ़ाई भाइयों पीर भाइयोंक्कुम व तेरह चौदह साल से मुसलसल हमारे यहाँ मुस्तफ़ाई अज्तम होता है पिछले दो तीन साल से इसको थोड़ा सा मुख्तर कर दिया गया क्योंकि इन मौसमों में बारिश के इमकान होते हैं तो एक मरतबा पर परेशानी आई तो सिर्फ इसको पीर पाइयों पर और लफ्स कुरान के जो मंतजमीन और कारकुन नजर आते हैं उन तक महदूद रखा गया है ताकत आम इसकी नहीं दी जाती लेकिन इसके बावजूद अलहदुल्ला किसी लोग जमा हैं अल्लाह आप सबको जजाता इस इसफले से जो पिछड़े लोग हैं आज वो भी बड़ी बेचैनी से याद आ रहे हैं अल्लाह उनकी कबूल को मतबर फरमाए हमारे पीर बाई दोस्त जो बैरून मुल्क हैं अल्लाह तक बहफाजत अपने वक्त लौटना नसीब करे जगह जगह दूसरे तो कुरान के लिए साथी है अरकिन है अल्लाह सबको कुरान की खिदमत का दुनिया और आखत में से डांत आज चौदह अगस्त है हर साल इस हवाले से मुफसल गुफ्तु की जाती है पाकिस्तान की तहरीर दो कभी नजरिया उसकी बुनियाद ववाफिकी मुखालिफी सारी कहानियां आप बारह तेरह साल से सुनते आए आज भी इकतसार के साथ कुछ अर्ज करना था लेकिन अब उसकी थी। मुतमल नहीं हुई कि मैं ज्यादा देर आप तक किसी पैगाम को पहुंचा सकूं मेरे साथियों ने अच्छा कहा उम्मत का दुखड़ा जो जनाब हफीज तायब ने कहा मेरे मोहतरम ने बड़े लहजे में हुई की बारगा में रोशन की खैरत मांगी इस वक्त हुत जिस हालत में है वो किसी से मख् नहीं मेरे सुनने वालों के कान तो काबल से कंधार तक किला जंगी से दशते लहलाता तोरा बोरा से तकरीब तक भूसल से बगदाद तक जावा के सहल से लेके रिबात के कोचाबाजार तक नील से काशकत तक कसोवा से चचीनिया तक दरियाए आमों के उस पाद से डल तक के कहानियां मुद्दतों से सुन रहे हैं रत्न अजीज जिसको लाइला के लिए हासिल किया था हम कभी कहा करते थे कि हर चंद भगोला मुस्तर है हर चंद ये खाक आबाद सही एक वज्र तो है एक रक्स तो है बेचैन सही बर्बाद सही अब वो वज्र और वो रक्स भी चिंता चला जा रहा है अब पाकिस्तान जो कि लाला के नाम पे हासिल किया था इसमें इसी कलमे का गुलिया बगाड़ा जा रहा है रोशन ख्याली के नाम से जो तूफान बदतमीजी है हर दर्द दिल रखने वाले का कलेचा फट रहा है मीडिया ये है अब हमसे हमारा दीन हमारा कल्चर हमारी तहजीब छीनने के लिए हर वो हरबा आजमाया जा रहा है जो बदानों के पास में है हमने अपने उस से की हिफाजत कर दी जो हमें दरवेशों तो और फकीरों से मिला है जिन्होंने अपनी जिंदगी यादी के आंखों में गुजारी उंगली पकड़ के इस रास्ते पर लगाया ये मेरी और आपकी खुशकिस्मती है रास्तों के, के मुसाफिर हैं तेरी सवारी मेरी जिंदगी तेरी होती तो सगे दुनिया होता हम भी के होते। हमारे हाथों में भी कशकोल होते दुनियादारों से भीख मांगते होते लेकिन हमारा ये एहसास है हमने जब भी भीख मांगी है गुम्बत खजरा के मकीन से मांगी आज भी रोशनी मांग रहे हैं तो उसी दर्द से मांग रहे हैं। हमें और कहीं से कुछ नहीं मिल सकता माजा चल सकते में जहां बेचातरे में हताई थी बेटी सर से बरना थी जंग में जहां तुम्हें कहूर के सामने आई करीब ने अपनी चादर उसके सर पे ढेल ली किसी ने कहा काफिरा है, कहा, बेटी तो है इकबाल इस वाकये को बयान करने के बाद कहते पेशे अकबा में जहां बेचाद हमारा सर तो उस बेटी से भी ज्यादा दंगा अब उस उस बेटी से भी ज्यादा बरना सर बेचादर हो गए हमारे सरसे बकार की चादर उतर चुकी काफिलो के सरों पर राहमत की चादर अंडेरने वाले आका तेरी बारगाह में हम रहा मुल्तजी हैं उम्मत को फिर खोया हुआ विकार दिया जाए तुझ से फरियाद है ए गुब्बदे खजरा वाले काबे वालों को सताते हैं गलीसा वाले हम बिल्कुल खाली हो गए हमारे सर नंगे हो गए आपकी चादर राहत हर गुनागार के सर पर है लेकिन यह हमारा कसूर है कि हमने गैरों के कवानीन को अपनाया अपना हुलिया अपनी बजाकता अपनी शक्लोस अपने अमाल अफाल अपना कल्चर गैरों के तरीके के मुताबिक रखा तो अगर आका रूप जाए तो हमारे पले है क्या आज माफी मांग लें अपने आका से डिन्ना तो कमांजूर जी मैं तुसासी डकिया जिन्ना कम्मा थी हजूर जी मैं वो कर गया व गुनाहां दी दल दल दे गल में ती कर उतर गया के आ मैं गया हुआ माफी हुजूर माफी। छोड़ के आपका दाम निराहमत आका हमसे भूल हुई खो दी अपनी कदरों की मनमत आका हमसे भूल हुई बन गए सीमो जर के बंदे तन के उजले मन के गंदे लुट गई हमसे फक्र की दौलत आका हमसे भूल हुई देख हमारी आंख मचोली अपने सीने अपनी गोली भूल गए हम दर से कुत आका हमसे भूल हुई दुनिया के ठुकराए हुए हैं तेरे दर पे आए हुए हैं खोल दे हम पे बाबे रहमत आका हम से भूल हुई कह दो आका को आका हम से कहो ना सारी दुधिया के ठुकराए हुए तेरे दर पे आए हुए खोल दो अपना बाबे रहमन आका हमसे भूल हुई आका हमसे भूल हुई हमने अपने चेहरे यहूदियों जैसे बनाए तेरे महबूब की सुन्नत का कत्ले आम किया नालियों में फेंका तो हमारे बस वीरान हो गए दीन का तमस्क उड़ाया जाता रहा हजूर हमसे नाराज ना रहो हम मुठी थोड़े लोग हमारे दिल आपके लिए धड़कते हम ऑक्सीजन से सांस नहीं लेते इसके रुजूल से लेते हमारी दस नश में आपका प्यार सब है हमारी धरकतें दबी दबी पुकारती हम से राजी हो जाइए ये वतन पाकिस्तान इसके हुक्मरान हमारी बदामाली की सजा है हम देख हो जाए उम्मत पे शफकत हो और हमें कोई हजरत उम्र फारूक का जान नशीन अता कर दिया जाए इस वतन की गलियों में कूचाओ बाजार में निजाम मुस्तफ़ा के सवेरे तुल्लु हो जाएं अमन के सवेरे धुल्लू हो जुलम की रात खत्म हो बस ये गुजारिशें ये आजुएं ये तमन्नाएं लिए आज की इस महफिल में हम हाजिर हैं दो चीजों के दामन को बड़ी मजबूती से थाम लें एक तो रातों को उठ के कुरान मजीद की तिलावत का माह बना लें मैं अपने साथियों से लम्बी गुफ्तू है ये दो तीन चार बातें हैं बस इनको जैन नशीन कर लें और आज से इस पर अमल शुरू कर लें तो रातों को तनहाइयों में उठ के कुरान मजीद की तलावत करें तर्जमा आता हो तो बहुत खूब वरना मुतरजम कुरान मजीद ले लें यह भी समझ नहीं आती वैसे अल्फाज बढ़ते जाए मजीद की समझ ना भी आ रही हो वैसे भी तलाबत पढ़े तो कल को हजूर से होती। ने रातों को उठ उठ के कुरान और कुरान पढ़ते हुए रोया करो फरमाया फूफा तबाह अगर रोना ना आए तो रोने की कोशिश क्या करो हजरत दाता साहब फरमाते अगर कोई कोशिश करे फिर भी ना आए तो फरमाते हैं फिर वो अपने मुकदर पर रोया गया वह कोशिश भी करता इतना पत्थर दिल हो गया कि उसके दिल में गदास और नर भी पैदा नहीं होती तो फिर वो अपने मुकदर पर रोए तो एक तो रातों को उठ उठ के पुरानी मजीद की तलावत को हर मुस्तफाही और इतुला मुस्तफा का हर रुकन अपना मामूल बना ले इससे कलब को ज़ालत मुआब सल्लाम से रबता होगा और हो सकता है कभी मुकद्दर जाग भी पड़े बे दिखाते गुल बादी गुला तेरी बेहर बेहरबादी कभी हो सकता है ऐसा झोंका आए ठंडा जो इस नापाक वजूद को उठा के मदीने ले जाए और हुजूर के दर पे हाजिर कर दे और खोल तो ये एक मामूल बनाए रातों को उठ के तलावत जरूर करेगा और हजूर अलातम की ना ये अपना मामूल बना रहे हजरत असान बिन साबित का लिखा हुआ कलाम है याद कर रहे किसी गुर्दा शरीफ याद कर रहे और आज ही मैं दोपहर को सोच रहा था कि ये पहले मुझे ख्याल आया होता तो मैं उसको लिखवा के फोटो कापिया करवा के आज तक सीम भी कर लेता हजरत ने हजूर का बयान किया है हजारों शायरिया और नसरे उसकी एक, एक जुमले पर कुर्बान वो ले, ले हम कोशिश करेंगे यहां से छप जाए वो हजूर का होलिया एक मरतबा रात को पढ़ लिया करम जो साथी नमाज नहीं पढ़ते तो बहुत बड़ी बदबकती है आज के बाद इस मजलिस में आने वाला कोई शख्स भी बेनमाज ना रहे ये अपने रब से वादा करें मेरे से क्या वादा है मेरा हुक्म तो नहीं है ये तो रब का हुक्म है और एक बार वही साढ़े सात सौ मरतबा दिया गया जिनके चेहरे दाड़ी शरीफ के नूर से महरूम है वो अपने चेहरों पर नूर की ये जो झालर है अल्लाह के महबूब की सुन्नत है हुजूर से सोना चेहरा किसका हो सकता अगर दाढ़ी चेहरे को बददमा बनाती तो फिर अल्लाह अपने महबूब को ये दाढ़ी क्यों अता करता सजाएं जिनकी दाढ़ियां पूरी नहीं है सुनत के मुताबिक वो चार उगल चार उगल कम अज कम पूरी करें इमामे के साथ पड़े हुए दो रकतें इमामे के बगैर पड़ी हुई सत्तर रकतों के बराबर ये कितनी फजीलत है कम अज कम जुम्मत मुबारक को बांध लें यह हमारा इस्लामी कल्चर है ये इस्लामी तहजीब हमारी इस्लामी कल्चर को मिटाने के लिए कोशिश की जा रही है इसलिए हम इसका हया करेंगे और पूरी कुत के साथ जो है मुजामत पर रहेंगे और हम अपने अमल से इस्लामी कल्चर की बुलंदी और फरोह का वादा करते हैं अपने अमल से और सर पर पगड़ी हो सुनत सजी हो इंसान नजर झुका के बाजार से गुजर जाए यह भी एक तबलीग है ना कुछ कहे ना तबलीग करे ये एक तबलीग है इमाम शहबानी जब सर पे सफेद इमाम सुन्नत का जामा घोड़े पे सवार और बसरा आए यहूदी साई जो मुनाजरे के लिए तैयार है जब उन्होंने इमाम मोहम्मद के चमकते हुए चेहरे को देखा की सुन्नत का यह फैकर देखा तो जो मुनाजर था उसने कलमा बढ़ना शुरू कर दिया तो मुसलमानों ने कहा तो मुनाजा करने आए थे तो कलमा बढ़ रहे तो जवाब अमा, को देखा उनके चमकते हुए चेहरे रोशन फैशानी सरफे अमामा सुन्नत का जामा देखा तो मैंने कहा मुसलमानों का छोटा मोहम्मद इतनी शान वाला है बड़ा मोहम्मद कैसा होगा ये शान है खिदमत गारों की ये शान है खिदमत गारों की सरकार का आलम क्या हो का छोटा मोहम्मद इतनी शान वाला है बड़ा मोहम्मद कैसा हो तो अपने किरदार को सुखे नजर की हिफाजत बहुत जरूरी है इस दौर में नजरें भटक रही है नजरें जना कर रही ख्याल और सोचे जना कर रहा है बहुत बड़ी मुसीबत है जो इस दौर में है शतान बरहना नाच रहा मेरी माए बहनें और बेटियां जो इस इज्तम को सुन रही हैं अपने पर्दे की हिफाजत अपनी जान से ज्यादा कर पर्दा बोझ नहीं है पर्दा आबरू का नाम है इस बुरके को कैदखाना खाना ना समझे बल्कि इस बुरके का एक एक ताल एक एक सलवट मेरी बहन तेरी आबरू की मुहाफिज है तेरे हया का पहरा है तेरा पर तू मगरब की टीनों नहीं है तो मशरक की बेटी है लोग कहते हैं ये दकिया नूस हैं पुराने दौर की बातें कर रहे हैं मैं कहता हूं तो इतने पुराने हो जाओ इतने पुराने हो जाओ कि मदीने की गलियों में पहुंच जाओ इतने पुराने हो जाओ कि ताइफ के, के बाजारों में चले जाओ इतने पुराने हो जाओ कि बदर की वादी में पहुंच जाओ इतने पुराने हो जाओ इतने पुराने हो जाओ, जाओ। कि मक्के के बाजारों में नबी के नाम पे जख्म खाओ लेकिन जुबान से उफ़ तक न खाओ हमें इस लकिया दूसी पे नाज है इस नूसी पे नाज है तुम्हारी रोशन ख्याली तुम्हें व्हाइट हाउस तक पहुंचाती है और हमारी दकिया हमें मोहम्मद अरबी के हुजरे तक पहुंचाती है हम हुआ तक पहुंचाती है वो हुजरा जिससे दूर निकलता है, जिस हजरे में बैठ के कायनात के कानून वजह किए गए जिससे हुजरे में छब्बीस हजार मरतबा जी अमीन आए थे हमें हमारी दकिया नूसी उस हजरे तुम्हारी रोशन खयाली तुम्हें पैटागून के सुरख कालीनों तक पहुंचाती है और हमारी तकिया हमें मस्जिद नबवी के अंदर खजूर की बनी हुई चटाइयों पर बिठा देते हैं हमारे लिए ये एजाज है हमारे लिए इफ्तार है हमारे लिए इज्जत का सामान है ये ताना नहीं है तुम अगर ताना समझ के देते हो और हम तो इसको फूल समझ के झोले में डालते हैं कर यार दे नादा मिले मेणा चोली पा लीए पिशा सुटिये ना चोली पा लीए पिशा तो जेकर यार दी ना दी मिले सूली चूटा चूट लीए पिशा हटिये नो आइए मैं और आप अपनी उसी तहजीब को उसी कल्चर को इकबाल भी कहते है अपनी मिलत का कयास अकवा में मगरब से ना कर खास है तरकीब में तुझे कौमे रसूले हाश उसी तरकीब को उसी कल्चर और तहजीब को अपने सीने से लगाए इधारत मुस्तफा का एक एक रुकन और अपने नाम के साथ मुस्तफाई लिखने वाला एक एक फकीर मैं तो कहता हूं इस नाम की लाज रह जाए काश के हशर के दिन भी मुस्तफाई कह के पुकारा जाए हमें सौदाज है इस पर कि हम तेरे ही मंगते हैं हमें सौ नाज है इस पर कि हम तेरे ही मंगते हैं कोई दर भी तेरे दर के सिवा हमने नहीं देखा कोई दर भी तेरे दर के सिवा हमने नहीं देखा मैं खो जाऊं हशर की भीड़ में तो आप फरमाए हमारे दर का साकिब था गदा हमने नहीं देखा काशक इस नाम से आवाज बढ़ जाए यही हमारी कामयाबियों की जमानत होगी यही हमारे लिए बाबू की जमानत होगी अल्लाह ताला तब को सलामत रखे आपको अपनी अमान और हिफाजत में रखेंगे हर जुम्मत को आते हैं हर पीर की हाजिरी होती है जिक्र की महफिल सजती है दूर की मजलस होती है कैसा कैसी रौनक है पिछले दिन बैरून मुल्क गए हुए एक साथी का फोन आया तो मैंने सुनाओ, क्या हाल है? कहते, कैसा जोक है कैसी जो है वो एक लजत है जो नेता फरमाई है मैं कदे में आने वालों में कदा मत छोड़ना मैं कदे में आने वालों मैं कदा मत छोड़ना जीने मरने का मजा कुछ है तो मैं खाने में है जिंदगी की हकीकत इस पैमाने में वरना क्या है जिंदगी में झूठ तजलो फरेब तक तो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश दौलत के अंबार इकट्ठा करने के लिए जुद्दो जोह तबोताज क्या है हर वक्त चुगली गीप तो जब इंसान ऐसी मजालस से दूर में आता है सर झुका है और क्या कहते हैं अल्लाह कैसी कैफियत आ रही मैंने एक रिवायत में पढ़ा है जब कोई बंदा सालिक अल्लाह कहते है अल्लाह तरफ नजरत से देखता है और जब अल्लाह किसी बंदे की तरफ नजर रहमत से देखे उसके सत्तर गुना जल के राख हो जाते हैं ये उसकी करम नवाजियां ना है तो ये जुमतुल मुबारक ये पीर का अज्तम आना जाना कैसी कैफियातें कैसी नजरतें अल्लाह आपको सलामत रखे हमारे पिछड़े हुए पीर भाई जो इस दुनिया से चले गए आज उनकी खबरें हमारी की तक दो से कबल कुरान खानी हुई हमारे उन जुमला साथियों के लिए जो हमारे अंदर इन मजालस में मौजूद होते थे आज वो मौजूद नहीं है उन सब के लिए अल्लाह की बारगाह में बसवी में कल्ब दुआ के अल्लाह उनकी मख्